पानी से जुड़ी 10 नई अजीब गरीब बातें नंबर वन एक स्वस्थ इंसान का शरीर 70 प्रतिशत जल से बने होते हैं नंबर टू एक जेलीफिश और एक ककड़ी में प्रत्येक पंचानवे प्रतिशत पानी होती है नंबर थ्री पानी के अंदर 24 मिनट तक जीवित रह सकते हैं नंबर फोर आपकी हड्डियों में इकतीस प्रतिशत पानी होती है नंबर फाइव ऊट नहीं बल्कि जिराफ अधिक समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है नंबर सिक्स जल दो तत्वों से बना है एक तो हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है नंबर सेवन विकासशील देशों में सभी बीमारियों का अस्सी पानी से संबंधित होता है नंबर एट इस दुनिया का अधिकतर हिस्सा पानी से भरा है भूभाग बहुत कम है नंबर नाइन ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में भारी होता है नंबर टेन विश्व में 90 प्रतिशत ताज़े पानी अंटार्कटिका में पाया जाता है वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें ऐसे वीडियो जानने के लिए कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें